होई हो, हो। भक्ति भोले के मंजूर हो कृपा जरूर होई हो, हो। देव घर जाई देखा जलवा ढरवा दुखवा